तो हेलो गाइस वेलकम है आपका जू बीजू टेक्नोलॉजी में तो आज का सब्जेक्ट आधार के बारे में तो सबसे पहले हम विज़िट कर लेते हैं आधार की ऑफिशियल साइट यू आई टी आई डॉट जी तो जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है ये हम कैसे पता कर सकते हैं तो सिंपल सा ऑप्शन है और मैं बहुत ही सिंपली और शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल साइट पे जाना है देन यहाँ पे जाने के बाद आपको माई आधार पे जाके वेरीफाई एन आधार नंबर पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक कर क्लिक करोगे वैसे ही आप दूसरे पेज पे चले जाओगे यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार लिख के आ जाएगा देन इसके बाद यहाँ पे आपको आपका 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है तो चलिए मैं डाल देता हूँ मेरा नंबर हमने डाल दिया हमारा नंबर अब हम करेंगे इसको वेरीफाई तो इसके लिए हमें कैप्चा फिल करना है कैप्चा फिल करके प्रोसेस टू वेरीफाई आप इसमें आपके टोटल तीन से चार अपडेट्स चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है तो अभी जैसे मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है सो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरी तो ये जैसे प्रोसेस कम्प्लीट होगी देन यहाँ पे शो करेगा सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए देखिए ये हो गया है और अभी यहाँ पे डिटेल्स मेरी आ गई है आधार वेरिफिकेशन कम्प्लीटेड आधार नंबर एज बैंड यहाँ पे लिखा है 2030 थर्टी मेल स्टेट गुजरात मोबाइल नंबर है ये और लास्ट में ये डिजिट है थ्री डिजिट हाँ इसमें थ्री डिजिट ही दिखेगा आपको जो भी है और अगर आपका इसके अंदर बायो मेट्रिक कि आपके आधार में अगर आपका बायो ज़रूरी होगा या आपने बहुत दिन हो गए हो या आपने आधार में आपका बायो नहीं कराया होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा बायोमेट्रिक अपडेट्स तो इसके लिए आपको तुरंत जाके आधार सेंटर पर जाके आपको आपका बायोमेट्रिक या मोबाइल नंबर दोनों वेरीफिक वेरीफिकेशन करा लेना है और अपडेट करा लेना है आधार कार्ड में ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में